प्रदर्शनी का दूसरा दूसरा दूसरा आज तो प्रदर्शनी का दूसरा दिन है और कल तो बहुत अच्छा था और आज भी उससे ज़्यादा रश है और यहाँ पे हमारे आप देख सकते हैं बहुत सारे कस्टमर अभी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं हम बढ़िया हूँ कीर्तिपुं तुमसे हमारा पुराना रोलेशन है पुरानी दुकान से हम लोग एटाइज थे नया भी यहाँ हो गया है और इनका रेट बहुत अच्छा होता है लेकिन चार्जेस भी लोगों लो को इससे बढ़िया है क्वालिटी भी अच्छा है और कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है कोई सेल्फीक नहीं है डिजाइने लगभग लगभग अभी तक सब मिल जा रही हैं और वर्ल्ड में ज़्यादा लोगों को पसंद है तो नहीं पता करुणा कर दुगे और जिसमें हमारे युवक वर्ग के जो लोग हैं और महिलाएं हैं और जो काफ़ी एजेंट भी हैं हर तरीके के लोग मतलब यहाँ परचेजिंग के लिए आ रहे हैं और मार्केट का जो अपने को रिस्पांस मिल रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है हमारे यहाँ अब तक, तक तकरीबन 1500 लोगों का विजिट हो चुका है हमारे शोरूम में और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा हमारे कस्टमर जो ऑफर चल रहा है उसका काफ़ी लाभ भी उठा रहे हैं लोग और क्वालिटी को लेकर के काफ़ी सेटिसफाइड भी हैं कस्टमर हमारे यहाँ हमारे पास वैराइटीज़ के भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है हमारे पास कोई भी एज अ कस्टमर देखे ना तो उनको समझ नहीं आएगा कि वो क्या क्या सिलेक्ट करें क्योंकि अभी मैं यहाँ देखती हूँ इतने ब्यूटीफुल हैं मेरा मन कर रहा कि जो मैंने कर है इस सीजन में जो आ, आ, वेडिंग का ज्यादा अच्छा चल रहा है खास कर जो न्यू जनरेशन के हैं जो यंग जनरेशन के हैं वो लोग ज्यादा हमारे यहाँ आ रहे हैं तो क्योंकि उनकी शादियाँ भी हो रही है तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और उसके साथ साथ भी और जो मदे लोग हैं जो 35, 40 इयर्स के बीच के जो हैं वो भी हमारे यहाँ परचेसिंग करने के लिए आ रहे हैं तो मार्केट ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है रेटोमीटर पर अपने को चेक करवाने भी आ रहे हैं हाँ इस तरह की में और कहीं है क्या? नहीं जौनपुर में सबसे पहला शोरूम मेरा था एज ए ब्रांड कीतिकुंज जो पहला कैरेटोमीटर लगाया है हमारे दोनों शोरूम में नाइन्टी गोल्ड पैलेस और कीर्तिक कुंज ज्वेलर्स चार सौ चौराह पर दोनों शोरूम पर हमारा कैरेटोमीटर है हमारे यहाँ हर एक कस्टमर को बगर गोल्ड टेस्टिंग मशीन पर चेक कराए हम लोग ज्वेलरी नहीं डिलीवर करते हैं ये हमारा पॉलिसी है कि ईच एंड एवरी कस्टमर को जोली चेक करा के ही सामान देते हैं और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत हाई रहता है चूँकि ग्राहक जब अपना कोई भी जोली लेना आता है उसका एक पूँजी होती है तो वो देखता है कि हाँ हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो वार्षिकता में वो इतना परसेंटेज है कि नहीं है वो बहुत बड़ा मैटर करता है तो कस्टमर चेक करता है तो वो बहुत संतुष्ट रहता है और उससे मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और वैरायटी का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है नहीं वैरायटी बहुत अच्छी है आप लेके ही जाएंगे खाने आप वापस ले जाएंगे गोल्ड रेट तो काफ़ी चलते तो हमने बनारस से विजिट किया विजिट पे ये हमारे शहर का गोल्ड रेट तो यहाँ का काफ़ी अच्छा है प्रदर्शनी को एक दिन बचा है आप अपने ग्राहकों को हम अपने ग्राहकों का ये संदेश देना चाहेंगे कि आप इस प्रदर्शनी का लाभ उठाइए और ज्वेलरी परचेस करने से पहले कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए पहली चीज़ तो ज्वेलरी जो आप परचेस कर रहे हैं वो एच हॉलमार्क है होना चाहिए दूसरा क्या आप जो स, आ, आ, सम, जो ज्वेलरी जो परचेस कर रहे हैं क्या वो कैरेटोमीटर पे वो मशीन पे चेक हो, होने की व्यवस्था है कि नहीं है क्योंकि तो आज के डेट में क्या लोग हॉलमार्क बोलते हैं बट उनकी ज्वेलरी एक्चुअल में प्योरटी नहीं आता है तो बेटर है कि आपके पास कैरेटोमीटर है तो वो आप चेक कर सकते हो कि हाँ इसका प्योरटी क्या है तीसरी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ जो रेट चल रहा है चूँकि आजकल रेट में लोग ज़्यादा प्ले करते हैं तो हम लोग का रेट बिल्कुल जैनविन रहता है जैसे कि अपना